ब्रा जो सुनने में आपको अजीब सा लग रहा है उसकी शुरुआत एक टी प्रोजेक्ट के तौर पर दो रुमालों से हुई थी इतना ही नहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि रूमाल से शुरू हुई ये ब्रा इंडस्ट्री आज महिलाओं के वारोप का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी है कि इंडिया में 2017 में इसका मार्केट 22000 हजार करोड़ रूपए का था वही मार्केट दो तक फोर्टीन परसेंट करते हुए अड़तालीस करोड़ रूपए का होने वाला है जिसमें सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स रेट्रो डिजाइन ब्राज हैं, खास तौर पर कॉर्सेट जिनका ट्रेंड आजकल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये पहनने वाले की फिगर को hourglass ग्लास फिगर बनाता है पर वो सभी फैंस ये नहीं जानते कि उनके फेवरेट कॉर्सेट का कनेक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है वो भी इतना गहरा है कि उस वक्त महिलाओं को इन्हें पहनने से ही मना कर दिया गया था बट क्यों और ब्रा को इतिहास में ऐसे और कौन कौन से मोड़ से गुजरना पड़ा था जिसके बाद आज ये अलग अलग शेप्स में औरतों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं आइए जानते हैं इन वीडियो हिस्ट्री ऑफ ब्रा इसके लिए चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैसे हुई थी स्तन को ढकने की शुरुआत वेल well, रिपोर्ट्स की माने तो ब्रा पहनने की शुरुआत 1859 में सबसे पहले फ्रांस में हुई थी हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले औरतें ब्रा नहीं पहनती थी क्योंकि इजिप्ट इंडिया ग्रीस रोम और ईस्ट एशिया के एशियन सिविलाइजेशन में ही औरतों की ब्रा पहनने की शुरुआत ड्रेस को ढकने ऐसी हो गयी थी लेकिन लाइक like फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियन महिलाएँ रेक्टेंगुलर कपड़ों को सिल ट्यूब बनाकर पहनती थी वहीं इंडिया में हर्षवर्धन के राज्य से ही औरतें ब्लाउज पहना करती थी और ऐसा ही कुछ ग्रीस में भी होता था जहां मैनोनियन सिविलाइजेशन की औरतें खास तौर पर एथलीट्स इसके इन्वेंशन से पहले ही इसे पहना करती थी जिसका सबूत है उस जमाने की ये पेंटिंग जिसमें औरतों ने खुद ही जुगाड़ कर कपड़े से बेंडियु बना पहना है इस बैंडू को बनाने के लिए वो सभी रिबंस को यूज करती थी जो उनके ब्रेस को प्रॉपर कवर देता था लेकिन शायद आबादी के साथ ही ये इन्वेंशंस भी चला गया था इसीलिए तो फोर्टीन सेंचुरी के बाद 1600 तक इन बैंडूज और उनके इस्तेमाल को कहीं देखा नहीं गया था पर एक तरफ दुनिया में जहां औरतें अपने ब्रेस को ढकने के लिए किसी वस्तु की तलाश कर रही थी वहीं रोम में औरतें चार कदम आगे निकल गयी थी क्यूँकी वो सभी लेदर और अलग अलग तरह के कपड़े ऐसी बने ब्रास का इस्तेमाल करती थी जिनका मेन मकसद ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करना और बॉडी शेप को बेटर दिखाना होता था इतना ही नहीं कुछ औरतें इसे इसलिए भी पहनती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनका ब्रेस्ट साइज कम हो जाएगा लेकिन जुगाड़ से बनी चीजें कितने दिन चलती और इसीलिए ब्रा इंडस्ट्री में जन्म लिया उस कॉर्सेट ने जिसे आज पहनना वाले ही स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है लेकिन सिक्सटीन सेंचुरी में इन्वेंट हुए इन कॉर्सेट को पहनना किसी सजा से कम नहीं था क्योंकि सिक्सटीन सेंचुरी में फैशन में आए यही कॉर्सेट ड्रेस को उभारकर फीमेल्स के बॉडी शेप को स्मूथ करते हुए एक क्रॉनिकल शेप फॉर्म करते थे जिससे उनकी कमर पतली लगने लगती थी पर ये कॉर्सेट तब कपड़े से नहीं बल्कि लकड़ी वेलबोन्स जैसी हार्ड और चुभने वाली चीजों से बनाए जाते थे जिन्हें बस बांधने के लिए कपड़े से बने ले का इस्तेमाल होता था लेकिन औरतों के सर पर फैशन का भूत आज से नहीं सदियों से सवार है जिस वजह ऐसी वो सोसाइटी में खुद को बेहतर दिखाने के लिए इन्हें पहनने ऐसी बिल्कुल नहीं कसराती थी यही दर्द भरे कॉर्सेट महिलाओं के क्लोथिंग का इतना बड़ा हिस्सा बन गए थे कि विक्टोरिया नेरा में ये ट्रेन करने लगे थे और इस ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कम उम्र में ही लड़कियों को कॉर्सेट पहनने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था ताकि अपने डिस्कम्फर्ट की वजह से वो कभी भी इसे पहनने ऐसी इनकार न करे जानते हो क्यों क्योंकि विक्टोरियन नेरा में कॉर एक्सपेंसिव तो होते ही थे साथ ही ये हाई क्लास फीमेल्स के स्टाइल स्टेटमेंट भी थे और जो भी इसे पहनता था उसे एजुकेटेड और अमीर समझा जाता था इतना ही नहीं इन्हीं सब वजह ऐसी औरतें अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए कॉर्सेट पहनती थीं, जिससे उनके हिप्स शेप में नजर आते थे इतना ही नहीं मार्केट में इनकी डिमांड को देखते हुए कॉर्सेट्स को पहले के कम्पेरिजन में और ज्यादा टाइट बनाया जाने लगा ताकि वो अट्रैक्टिव तो दिखे ही साथ ही फीमेल्स के क्लीवेजेस और ज्यादा एक्सपोज हो इन्हीं अट्रैक्टिव कॉर्सेट को पहनने की कीमत औरतों को अपनी सेहत ऐसी चुकानी पड़ती थी क्योंकि अक्सर कॉर्सेट जरूरत से ज्यादा टाइट होते थे जिस वजह से फीमेल्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी थी हालांकि उसके बाद भी इन दर्द भरे कॉर्सेट को पहनने का सिलसिला लगभग तीन दशक यानी 300 साल तक जारी रहा था पर फिर भी औरतें दर्द के साथ स्टाइल स्टेटमेंट को मेंटेन रख रही थी फिर आया एक ऐसा इराद जिसमें इन्हीं दर्द भरे कॉर्सेट के पुराने डिजाइन को चेंज करते हुए उसे एक कम्पलीटली नया लुक और नया डिजाइन दिया गया इस नए लुक में एक कॉर्सेट जो ब्रेस से लेकर औरतों के बर्ड्स को जकड़ता था उसे दो तो अलग अलग टुकड़ों में बनाया गया था इसी विभाजन का क्रेडिट दिया गया फ्रांस की हरमिनिकोर जिन्होंने क्वाइट लिटरली नाइनटीन सेंचुरी के एंड में यानी 1889 में मॉडर्न ब्रा का इन्वेंशन किया था ये साल ये सदी ब्रा इंडस्ट्री के लिए बहुत रिवोल्यूशनरी थी क्यूँकी इससे पहले औरतों ने ब्रा के नाम आरोप बस एक ही चीज पहनी थी कॉर्सेट जो की उनकी बॉडी को मानव पान सा देता था जिस वजह ऐसी उनका सांस लेना भी दुशवार हो जाता था इसी रिवोल्यूशनरी काल में बना मॉडर्न कॉर्सेट जो दिखने में बिल्कुल दूसरे कॉर्सेट की तरह ही था लेकिन ओरिजिनली ये टू पीस अंडर गार्मेंट था जिसका नीचे वाला पार्ट बट के लिए जबकि अपर वाला शोल्डर स्टेप के साथ ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए जब औरतों ने इसे पहना तब रेगुलर कॉर्सेट के कम्पेरिजन में उन्हें ये ज्यादा कंफर्टेबल लगा और देखते ही देखते ही ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि 1905 तक इसकी डिजाइनर ने सिर्फ इसके ऊपरी हिस्से को बेचा और ब्रेस के लिए बने कॉर्सेट के इसी अलग टुकड़े को वोग मैगजीन ने ब्रेजर का नाम दिया जिसके बाद इस नाम और इस नाम से मिलने वाली वस्तु की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1907 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इसे अपनी डिक्शनरी में शामिल किया था इतना ही नहीं पुराने कॉर्सेट के ना सिर्फ शब्द बल्कि उसके डिजाइन के चले जाने से भी फीमेल्स को ये रियलाइज करवाया था कि वो दूसरी किसी चीज ऐसी भी अपनी अपर बॉडी को अपीलिंग बना सकती है पर दो अलग अलग हिस्सों में बटने के बाद भी नया जन्मा ब्राजर औरतों की बॉडी को शेप तो दे रहा था किन्तु कम्फर्ट के मामले में वो अभी भी काफी पीछे था इसीलिए समय और शरीर दोनों की मांग समझते हुए मैरी फेल्स जैकब ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसका इंतजार शायद उस वक्त की सभी महिलाओं को था जिसकी वजह थी फैशन ट्रेंड दरअसल ट्वेंटी सेंचुरी में खास तौर पर अमेरिका में रिविलिंग ड्रेसेस विद प्लंज नेकलाइन ज्यादा पहने जाते थे जो स्लिम और बॉइश फिगर की लड़कियों के लिए ही बनते थे लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी की मेरी के ब्रेस बड़े थे जिस वजह से वेल बोर्न ऐसी बने कॉत उनके गले को जकड़ लेते थे इन्हीं सब बातों से फ्रस्ट्रेट होकर मैरी ने 1912 में दो पॉकेट हैंकर चीफ और एक सेटन रबर से ऐसा ब्रा बनाया जिसे बैकलेस ब्रा आई I मीन mean का इन्वेंशन कहना गलत नहीं होगा ये ब्रा एकदम कौशर की ही तरह काम करता था और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि बिना वेलवोन के बने होने की वजह से ये काफी पतला और लाइट वेटेड था अपने इसी इन्वेंशन को पहनकर जब जैक पार्टी में गयी तब इसने वहाँ मौजूद सभी फीमेल को काफी अट्रैक्ट किया जिसके बाद लोगों ऐसी मिली रिक्वेस्ट आरोप उन्होंने रोमाल ऐसी ऐसे अनगिनत ब्रास बना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को दिए थे किन्तु औरतें दिमाग की कितनी तेज होती हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है और मैरी ने तो पूरे महिला वर्ग के लिए ऐसा इन्वेंशन किया था जिसके लिए आज तक सभी थैंकफुल फी करती हैं वरना शायद उन्हें भी आज कॉर्सेट में खुद को जकड़कर घूमना पड़ता इसीलिए तो जब मैरी को रियालाइज हुआ कि उनका ये आइडिया बहुत ही काम का है और इससे सभी औरतों के ब्रेस्ट को कवर करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब उन्होंने उन्नीस में उसे पेटेंट करवा लिया पर सदियों के बाद बने इस प्रॉपर ब्रा को जाहिर है दुनिया के कोने कोने में पहुंचने में वक्त लगता और जिन जगहों पर ये नहीं पहुंचा था वहाँ की फीमेल्स दो टुकड़ों में कॉर्सेट को ही नई नई चीजें जैसे मेटल्स और कपड़े से लाइट वेट में बनाकर उसे पहनकर अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट दे रही थी लेकिन क्योंकि ये कॉर्सेट मेटल और दूसरी हार्ड चीजों से भी बनते थे इसीलिए 1917 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान यूएस वॉर इंडस्ट्री ने सभी औरतों को इनके खरीदने के लिए मना कर दिया था ताकि कॉर्सेट की जगह ये मेटल्स वॉरशिप में यूज हो सके और हुआ भी कुछ ऐसा ही यूएस के इस स्टेप के बाद अट्ठाईस टन मेटल बच गया था जिससे दो वॉरशिप को आसानी ऐसी बनाया जा सकता था लेकिन कॉर्सेट के छिन जाने ऐसी हम इस बात ऐसी इनकार नहीं कर सकते की ये वही दौर था जहाँ से सही तरीकों के ब्रेजियर का इन्वेंशन हुआ था पर उन ब्रेसिय में प्रॉपर कप्स नहीं थे जिस वजह से ब्रा ब्राकम और बैंड ज्यादा लगते थे क्योंकि ये इंडिविजुअली ब्रेस को सपोर्ट नहीं देते थे इसीलिए उन्नीस में एसएच कैंप इन कंपनी ने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसमें ब्रेस साइज को कप का साइज दिया गया इन कप्स में ए ऐसी डी तक के साइज शामिल थे और कप्स के साथ ही ब्रेजियर को भी छोटा कर ब्रा का नाम दिया गया इतना ही नहीं इसी दौर में ब्रास पर एडजस्टेबल स्ट्रैप्स और हुक्स को लगाया गया था जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग थे इसके बाद 1940 और 1950 में महिलाओं का साथ देने के लिए मार्केट में बुलेट ब्रास लाया गया वो भी ये बोलकर कि ये ब्रास फीमेल को प्रोटेक्शन देंगे जब की सब सिर्फ इन बुलेट ब्राज को बेचने की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी और उस जमाने में इसे ज्यादातर सेलिब्रिटीज अपने ब्रेस के शेप को आई कैचिंग बनाने के लिए पहनती थी फिर ब्रेस को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उस पुशअप ब्रा का निर्माण हुआ जो फेमस तो अपने इन्वेंशन के कई साल बाद उन्नीस में हुए थे लेकिन उसका इन्वेंशन उन्नीस में ही कैनेडियन डिजाइनर लोइस पोरियर ने कर दिया था सिर्फ यही नहीं ब्रास पे अलग अलग प्रिंट्स लेसेस और कलर्स का इस्तेमाल कर उसे पॉपुलर बनाने का श्रेय भी इन जनाब को ही जाता है इसी के बाद वीमेंस फिटनेस की तरफ बढ़ता रोक देखते हुए जॉग ब्रा का आविष्कार हुआ जो कुछ और नहीं बल्कि स्पोर्ट्स ब्रा थी क्योंकि फिटनेस फ्रीक वीमेल्स सेवेंटीज में जॉगिंग रनिंग और एक्सरसाइज की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी थी और उन्हें फिटनेस ब्रा की जरूरत थी ताकि एक्सरसाइज के दौरान उनके ब्रेस्ट को फॉर्म सपोर्ट मिल सके और फिर ट्रेंड स्टाइल कम्फर्ट इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टू में औरतों के लिए ऐसे ब्रास को बनाया जाने लगा जो उनके प्रेस को सपोर्ट देने के साथ ही एक स्टाइल स्टेटमेंट भी बन सके जैसे स्टेपलेस ब्रास वन स्टेप ब्रा कॉसिट ब्रास ब्रालेट वगैरह वगैरह पर देखा जाए तो औरतें ब्रा हमेशा से अपने प्रेस को कवर करने और उन्हें खूबसूरत दिखाने के लिए पहनती आई हैं ना कि किसी और वजह से जबकि की ये काम तो तन ढकने वाला कोई भी कपड़ा कर सकता है उसके लिए ब्रा की कोई खास जरूरत नहीं है फिर भी क्यों अक्सर लड़कियों को स्पेशली उन लड़कियों को जिनके प्रेस बड़े होते हैं उन पर ब्रा पहनने का अनचाहा प्रेशर बनाया जाता है अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा इसके साथ ही अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और ऐतिहासिक जानकारी के साथ जय हिंद